अच्छे आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा यू तो हर रंग ही सचता है बराबर तुझ पर